हो oh, oh, oh. सही दुनिया को दिखाने आजा प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा तू किसी और से मिलने के बहाने आजा आजा और से मिलने के बहाने आजा जो तो फिल्मी दुनिया बारे में आ गए लेकिन मां से निवेदन बंधन एक बालक मां से का देखो आप जय हो पीणा वाली मां पीना को बजाने आओ क्या बात है श्याम जी बहुत बढ़िया और कमेटी की ओर से एक सौ एक रुपया हृदय से बंदन अभिनंदन एक बार तालियां बजाओ ऐसी कमेटी के लाने कि जाड़े में अच्छा ईमानदारी से बताओ कि अगर प्रोग्राम हो तो सब जने दो, -दो पल्ले में दबे होते ऐसा ही नहीं लेकिन कमेटी में बड़ी दम हो संगठन में शक्ति है वो अकेले में लेकिन मासेक एवं पीना वाली माँ पीणा को बजाने आओ पीणा वाली माँ पीणा को बजाने आओ सरगम पीणा वाली माँ पीणा को बजाने आओ सारदेश्वर देश सरगम को सजाने आओ ये, ये, क्या बात है आवाज सारदे स्वरदे सरगम को सजाने आओ सारदे स्वरदे सरगम को सजाने आओ सरगम को सजाने आओ क्यों माँ तेरा लाल मन से तुम्हें बुलाता है क्या बात है बहुत बढ़िया अगर माँ का आशीर्वाद अगर कलाकार के ऊपर नहीं है तो वो कलाकार कलाकार नहीं बन सकता हकीकत में यही सके वो माँ तेरा लाल मन से तुम्हें बुलाता है तेरे चरणों में करजोर सर झुकाता है तेरे हाँ। तेरे में जोर सर ते चरणों में कर जोर सर सर झुकाता झुकाता है है क्या बहुत बहुत बढ़िया माँ तेरा लाल मन से तुम्हें बुलाता है तेरे चरणों में कर सर झुकाता क्या बात है बहुत बढ़िया महफिल में है आराम आराम क्या बात बहुत सुंदर ये शंकर जी का डमरू की आवाज है क्या बात है श्याम जी बहुत बढ़िया और जय हो आराम से आराम से क्या बात बहुत बढ़िया चाल जी बहुत बढ़िया और हमारी बगल में मैडम बैठी संगीता भारती जी इनके जी लगा दिया जिया सूर्य भाई तो इनकी तरफ से इक्कीस रुपया है और जीजा इक्कीस रुपया न लगो चाहिए बताओ आप जीजा गृहस्थी बांधे चाहे ना बाधे तो तुमने तो अपनी बहन बांधी याद हो बताओ बताओ हाँ? नहीं लेकिन फिर भी सूर्य कछुआ इक्कीस में बोध लगा चलो तालियां बजाओ एक बार तालिया बजा सारे सारे दे दे सरगम को सजा दे सारे दे को सजाने राज महफिल में, में मेरी लाज बचाने बजा ले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 सर गम को सजा